बसमरम्र अल्लाम मैं हूं हिना महमूद और आप देख रहे हैं इन्फोटेट एंड फैक्ट यूट्यूब चैनल नाजरीन आज हम आपको दुनिया की चार सबसे ज़्यादा महफूज तीन शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं आइए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन नंबर फोर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वलीहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब की ताकतवर सियासी और माशी हुकूमत चला रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान और उनकी फैमिली दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्सियत में शमार होती हैं जब से मोहम्मद बिन सलमान पर सहाफी जमाल का शोकी के कतल का इल्जाम लगा है तब से मोहम्मद बिन सलमान के बैन अवी दुश्मनों में इजाफा हो गया है शहजादे की सिक्योरिटी में एक हजार लोग तैनात हैं जिनमें न सिर्फ फौजी अहलकार हैं बल्कि एक जदीद साइबर सिक्योरिटी भी इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मजीद 800 लोग अपनी सिक्योरिटी टीम में रखने का फैसला किया है पिछले दो सालों में शहजादे की सिक्योरिटी में 20 बिलियन डॉलर का खर्च हो चुका है नंबर थ्री द पॉप जिनको दुनिया भर के कैथोलिक चर्च का हेड भी कहा जाता है इनके सिक्योरिटी पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी कनीम ज़माने के जंगजपाही हैं लेकिन सच ये है कि एक अली तलीम याफ्ता मिलट्री फोर्स है जो सबसे बेहतरीन सिविल सोल्जर में से चुनकर बनाई जाती हैं। इस एलिट फोर्स के लिए फोर्स की सिक्योरिटी करना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है क्योंकि पॉप फ्रांसिक जहां भी जाते हैं वहां लोग इनको हाथ लगाते हैं और खास तौर पर अपने बच्चे पॉप के करीब करते हैं इलीट फोर्स को किसी भी शख्स से बदखलाकी से पेश आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि पॉप को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है एट फोर्स को यह सब चीज़ें नज़र में रखते हुए भी पॉप की सिक्योरिटी अंजाम देनी होती है नंबर टू किम जोंग नार्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और एक इंतहाई मताज़ का सियासतदान भी है इनकी जारहाना हकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें ओपोजिशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इनको अपने खिलाफ बात करना ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता किम जोंग ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको लाइटली लिया जाए दिसंबर दो में किम जॉन्ग ने अपने सगे चचा को बदी के, के केस में फांसी चढ़ा दिया था इसके अलावा इनके ऊपर अपने ही भाई का कत्ल करवाने का इल्जाम भी है 2017 में नार्थ कोरियन हुकूमत की स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी सी और साउथ कोरियन सिक्योरिटी की एजेंसी ने मिलकर प्रेसिडेंट किंग जोंग को मरवाने का प्लान बनाया था जिसको नाकाम बना दिया गया लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को पहले से भी मजबूत बना दिया नब्बे फौजी कहीं भी किसी भी वक्त प्रेजिडेंट को महफूज रखने के लिए तैयार होते हैं इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी टीम में अला तलीम याफ्ता शुदा, मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो किंग की गाड़ी के साथ साथ भागते हैं इन गार्ड्स की एक अजीब बात यह भी है कि इन गार्ड्स का कद प्रेसिडेंट के कद से बड़ा नहीं होना चाहिए जो है पाँच फुट पाँच इंच जब भी प्रेसिडेंट की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती है तो ये गार्ड्स का टोला पता नहीं कहाँ से निकल के आता है और इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है जब भी प्रेजिडेंट कहीं हवाई सफर पर जाते हैं इनके साथ दो हवाई जहाज होते हैं और पायलट तक को ये इलम नहीं होता कि प्रेसिडेंट किस जहाज में सफर कर रहे हैं नंबर वन व्लादिमीर प्यूटन रशिया के सदर सियासत में आने से कबल कई सालों तक रशियन पेडल सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करते रहे हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं उनकी सिक्योरिटी में तीन प्लेन क्लाच ऑफिसर्स हैं जो कहीं भी किसी भी वक्त प्यूटन को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होते हैं प्योटन के कहीं जाने से कबल पूरे इलाके को स्कैन किया जाता है और सदर की सिक्योरिटी को हर कीमत में मुमकिन बना दिया जाता है इस 3000 ऑफिसर्स की आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ ड्रोन्स और एक खुफिया टीम है जो प्यूटन के खिलाफ किसी भी हमले की खबर पहले से निकलवा कर रखती है प्यूटन की सिक्योरिटी टीम के ये गार्ड्स कोई छोटे मोटे गार्ड नहीं हैं एक एक गार्ड को लाखों डॉलर की तनख्वाह दी जाती है और सबको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और लग्जरी गाड़ियाँ भी फ्राहम की जाती हैं सदर प्यूटन ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इतना ज़्यादा नवाजा हुआ है कि कोई भी उनको रिश्वत देकर भी प्यूटन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते यही वजह है कि सदर प्यूटन दुनिया के सबसे ज़्यादा महफूज तरीन इंसान हैं नाजीन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा शुक्रिया